कुछ लड़के मेरे से कहते हैं कि तुम मेरी फीलिंग समझती ही नहीं हो। अब उन्हें कौन बताए कि मैं खुद की फीलिंग तो समझ ही नहीं सकी उसकी क्या खाक समझूंगी आ, ये क्या बात करता है यार?